तो हमारे स्पीबर टेबल में हमने हमारे पास कुछ कैलकुलेटेड फील्ड है जो आप देख पा रहे हैं तो मुझे मान लीजिए किसी फील्ड का चेंज करना जीएसटी अट्ठारह परसेंट था अब जीएसटी अट्ठारह परसेंट नहीं डीएसटी हमारा बारह परसेंट था तो, तो कैसे चेंज करेंगे तो उसके लिए भी आपको जाना होगा वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर कैलकुलेटेड फील्ड में और यहाँ आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा इस ड्रॉप डाउन को ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेटेड फील्ड होगा लिस्ट में आ जाएगा ओवरऑल फील्ड यहाँ आएगा लेकिन कैलकुलेटेड फील्ड का लिस्ट आपको यहाँ आएगा इसमें से जीएसटी को सिलेक्ट कीजिए सिलेक्ट करते यहाँ पे इसका फॉर्मूला आ जाएगा अब मुझे अट्ठारह की जगह पर मुझे बारह करना है तो हमने अपना चेंज किया एंड मोडिफाई कर दिया देन ओके ये हमारा चेंज हो गया तो इस तरह से हम चेंज कर सकते